इला ति माया से सफर पे जिसकी न कोई घबर जिंदगी है मैं रहा या मोत घड़ी में रड़ पे देखा है मैंने एक सपना कहूँगा दिन मैं अपना देखूँगा मैं रह के जिंदा या फिर मैं यारो उम्र के इकला म्याया से सफर पे जिसकी न कोई घबर जिंदगी है मैं रसाथ या मोत घड़ी में रड़ पे देखा है मैंने एक सपना कलूँगा दिन में अपना मेरा या के फिर मैं समंदर से पहले तू पानी बना खाब से पहले तू राज़ बना के सिवा तुझे छुना नहीं राजा बनने से पहले तू ताज़ बना तेरी आवंगरे दी अच्छा किसी के पीछे ना रह सब की तू भी आगे तू कह बे मन की चोट करता तू मन की ही करना जो भी है मन पे तू तो कह बे दिख दिया जो भी है मन ने मेरे की लहर के दिल में कहे आंखों से मेरे ये जश्बा लूटा पे मेरी ये जिंदगी है सफर पे दौड़ना है नहीं, भर के बना, के आगे ना मसर दिखा कैसी लहर है जो कहती रहेगी तो लफ में सिखा से कर रखी मेहनत अलग देती है मेहनत को छुआ किसी के लिए ना कुछ भी मैं लिखता तभी तो लग में सबको गलत तो फेम कर किसी की तरह न फेम करना है सबसे अलग मैंने अभी को ऐसे सफर पे जिसती ना कोई ये है जिंदगी है मेरे साथ या मौत खड़ी मेरे सर पे देखा है मैंने एक सपना कलूँगा एक दिन मैं अपना देखूंगा मेरा कि जिंदा या फिर मैं यारोमर के सफर पे जिस तीन दो ये खबर ज़िंदगी है मेरे साथ या मौतें खड़ी मेरे सर पे देखा है मैंने सपना कलूंगा एक दिन मैं अपना देखूँगा मैंने किसी जिंदा या फिर मैं यारों हूँ मर पे पहले मिलना तो की, मैं मैं की पकों की। की में बन गया तारा सा मैं टूटा हुआ असर जो के दिलिया में देखा से तारा साहरों से टूटा मैं एक था ऐसा मैं शेर जो न कि भैयाओं को खाता है आँखों में मैंने कर रहा है जो रातों से मेहनत पे दाम धरा है जो दुनिया ने कर रहा है पेट ना कुछ हराम कर है तेरे जैसे बनना नहीं है सच कहूँ मुझको तो कुछ करना यही है माँ से मैं कैसे कहूँ यही डर वालों को कुछ और बनना सही है मैं मैं मन मेरा मैं रुकता नहीं जो तो भी करता है ये दुनिया के जस्बों से क्या मैं जब ये दुनिया मैं सफर पे ना कोई घबर जिंदगी है मेरे साथ या मोत घा एक दिन मैं अपना मैं देखूंगा मैं जिंदा या फिर मैं यारे निकला मैं सफर पे जिस पीना को ही खबर जिंदगी है मेरे साथ या मौत खड़ी मेरे सर पे देखा है मैंने एक सपना कलूंगा एक दिन मैं अपना देखूंगा मैं रह के जिंदा या फिर मैं यारू उम्रे